सरस्वती विद्या मंदिर में छात्र संसद के मुख्य पदों के लिए चुनाव हुए जिसमें विद्यालय के साढ़े चार छात्र छात्राओं ने मतदान में हिस्सा लिया विद्यालय की इस चुनाव प्रणाली के दौरान स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे स्थानीय विधायक ने छात्र संसद चुनाव के महत्व को भी छात्र छात्राओं को समझाया विद्यालय स्तर पर छात्र संसद चुनाव के लिए दो बूथ बनाए गए जिसमे सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया मतदान के दौरान विद्यालय ने कुछ छात्र छात्राओं को मतदान से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई थी जिन्हें उन्होंने बड़ी तत्परता से निभाया विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने छात्र छात्राओं को छात्र संसद चुनाव से संबंधित विषयों की जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन किया साथ ही विधायक ने विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा व संस्कारों की बहुत सराहना की वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य महिताब सिंह गोसाई ने छात्र संसद चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा की छात्र संसद के माध्यम से छात्रों में कर्तव्य बोध अनुशासन नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास किया जाता है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे विद्यालय में आए अपने विद्या भारतीय भारतीय शिक्षा संस्थान भारतीय शिक्षा समिति से उत्तराखंड से संचालित होता है वो तो एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना जिसके द्वारा एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और पौराणिक और बौद्धिक दृष्टि से विकसित हो सके ताकि हिंदुत्व ने इस भक्ति से और बहुत भयावहनियों से हिंद हैं जो ग्रामीण प्रवासी और गिर में रहने वाले जो तमाम बंधु बांधा अपने हैं उनके भविष्य काम आ सके, उनकी सेवा दे सके, और ये क्या है जो छाल शीस की प्रक्रिया भैयावह में एक जवाबदारी एक रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन जो उनके लिए होती है उसका जो फील ने हम बनाते हैं ताकि वो देश का एक अच्छा राष्ट्र का उसमें नेशनल डिसिप्लिन डेवलप हो सके राष्ट्रीय अनुशासन उसमें विकसित हो सके उसमें जो है अच्छे मूल्य हमारे जो राइट्स हैं जो मूल्य हैं हमारे जो भारतीय संस्कृति है इंडियन कल्चर है ऐसे जो परम्पराएँ हैं ट्रेडिशन से कस्टम से उन तो मूल्यों का हमने जब विकास होगा तो हमने एक सफल नागरिक देश सकते पहले ऐसा वोट हुआ नहीं था जैसे मतदान देते हैं इस बार पिछले साल भी ऐसा हुआ था बट इतने उत्साह से नहीं हुआ था इस बार सारे के सारे जितने भी अध्यक्ष वगैरह हैं वो सब मौजूद थे यहाँ पर तो बड़ी खुशी हो रही है कि चुनाव इतने धूमधाम से मनाया गया है जैसे बच्चों ने ना बहुत ही ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया है एंड बच्चे बहुत टैलेंटेड है जैसे मैं तो अभी नई स्टूडेंट हूँ मैंने काफ़ी सारे स्कूल बदले हैं तो मैंने ना आज तक किसी स्कूल में नहीं देखा है कि ऐसा कुछ भी था मैं इधर आई तो यहाँ ना हमें संस्कार सिखाया